कृपा कि नबोद तुम्हारी कृपा की नबो के दिल में जगह तू नीनों के दिल में जगह तुम नपाते तो किस दिल में होती तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी कृपा की न हो आज किन्न हो होते न तुम होते हाजिम न हम होते मुलिम न तुम होते हाजिम न हम होते मुलिम न तुम हो तुम्हारे कृपा के न हो चीज दस तुम्हारी न होती दुब तुम्हारी